काश कोई मिले इस तरह कि फिर जुदा ना हो काश कोई मिले इस तरह कि फिर जुदा ना हो वो समझे मेरे मिजाज को और कभी खफा ना हो और अपना एहसास से बाट ले सारी तनहाई मेरी अपने एहसास से बाँट ले सारी तनहाई मेरी तनहाई मेरी इतना प्यार दे जो कभी किसी ने त्या हो काश कोई मिले इस तरह कि फिर जुदा ना